तो हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में तो हमने इंटरनेट से वो पेज निकाला है जहां पे सारे के में से बाकी तो फंक्शन की लिस्ट जो है आप एक्सेस में भी ले सकते हैं अब क्या एक्सेस के अंदर जो तो फॉर्मूले है ना सर वो वीवीए के और कुछ वीबीए के और कुछ आपके Excel के फंक्शन को मिक्स किया है इसमें और कुछ नए फंक्शन भी डाला है जो कि एक्सेस के फंक्शन हम्म तो उन सारे को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगर, अगर आपको तो तो ले लिया बट आपको आप हुँ। हुँ। function. हुँ। function पे सर्च करें फंक्शन फंक्शन फंक्शन करने के बाद दिख दिख दिख रहा है आपको नाइन रिजल्ट्स रिजल्ट होंगे आगे या एक्सेस कैटेगरी गया गया सर आ, दिख गया सर क्लिक करते साइड में आपको एक्सेस के फंक्शन का लिस्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ आ जाए आ, बराबर आ गया ऑब्जेक्ट फंक्शन इसके बाद यहाँ पे एरेज conversations database बेस ठीक है सर डोबी एरर फाइल इनपुट आउटपुट अब सारे फंक्शन को हम one बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे फंक्शन ओके सर ठीक है ठीक है सर तो ये एक्टिवेक्स फंक्शन है इसके बाद अब इसी में क्या है कि बहुत सारे फंक्शन है जो की वीवीएस रिलेट करते हैं कुछ नॉर्मल रिलेट तो हम हाँ यहाँ देख दिख साथ, दिख साथ okay, एक फॉम देबसाइट साइट को भी फॉलो करेंगे ओके ओके तो इसलिए इस लिस्ट को फिलहाल फॉलो नहीं करते तो सब कुछ फॉर्मुला है कि आपको वर्बली समझ में आ जाएंगे कुछ फॉर्मुले हैं जो कि आपको करके दिखा लेंगे जैसे कि आपके पास ए एस सी का फॉर्मूला ठीक है ना और सी एच आर का फॉर्मूला तो आपको याद होगा एक्सेल में फॉर्मूला होता है कैर एंड कोड का तो जैसे आपने ए लिखा और हमने यहाँ पे कोड का फॉर्मूला लगाया इसका कोड आता है इससे कोड क्या है उसी कोर्स से वो आपको कैर बनाना है तो इसके लिए हम सी एच आर कैर लेते हैं इस्तेमाल की जाती है आपका कोड नंबर कन्वर्ट कर देता है सी एच आर उसको अच्छा अब यहाँ पे कॉन्केट विन पर्सन अगर आपको वीवीए में दो फंक्शन को आपस में ज्वाइन करने हो तो इसका यूज करते जैसे मान लीजिए ना मुझे नेम और स्थिति को इकट्ठा करना है एक कॉलर Hmm. तो टेबल पे फॉर्म पे क्यूरी पे कहीं भी करना है तो आप डिजाइन में जाइए और यहाँ पे मैंने एक नया ले दिया यहाँ पे आईडी एक आईडी के नाम से एनआई के तो नाम से हमने यहाँ पे कार बोला नीम और एन परसेंट इसके बाद हमने ये लिया वापस एन परसेंट हमने सिपीकेट किया hmm. ऐसा दो सेल को हमने एड कर लिया अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके एड करता हूँ सी एच आर फ्रेंड डायरेक्ट अब आपको प्रॉब्लम मुझे पता करना है कि इस फाइल का पाथ क्या है मुझे पता करना है कि भाई फाइल का पाथ क्या है तो उसके लिए सी एच आर का हम यूज करते हैं सी आर पे कैलकुलेटर कैलकुलेटर और यहाँ पे हम फंक्शन विंक्शन और अब जैसे सारे फॉर्मूले जो जो है है है इसमें यूज नहीं है यूज नहीं होते तो ये ये ये आपको बेसिकली होता माने करंट ना अच्छा क्वेरी, मैं जी हाँ। अब क्वेरी में इस्तेमाल करतेमाल करें इसी पे क्रिएट क्यूरी करता हूँ और हमने यहां से टेबल उठा कर रख दिया प्रॉपर्टी तो में यहां से हटा दिया और यहां पे ले दिया और यहां हम देते हैं सी यू ठीक है, है? और इसके बाद इसको क्लोज कर दिया सी आर डी आई आर थ्योरी इस नहीं सकता था थ्योरी को सफ करना चाहिए था ऊपर नहीं सी सी यू यू कैंसी का फॉर्मूला है फॉर्म क्या फॉर्म पे यूज होता है तो डिजाइन तो तो फॉर्म में हम जाते हैं और डिजाइन फॉर्म में जाने के बाद हम यहां पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं पाठ ठीक है आप में मैंने यहाँ पे डेटा में कंट्रोल सोर्स यहाँ आते हैं एक और सी यू आर डी करें फंक्शन को इसने सेट कर दिया यहाँ पे फंक्शन में वर्क नहीं कर रहा मेन आ रहा है मतलब कि इसमें फॉर्मूले को सेट ही नहीं किया जय हाँ समझे तो इसका अगला अलगा अगला क्या है हम इसके इवेंट में आते हैं ऑन प्लेट और फिर इसमें हम यहाँ पे कोड बिल्डर पे जाते हैं और यहां हम देते हैं सिंपल सा टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट डॉट वैल्यू ठीक है ठीक है हम्म, अब ये ये फॉर्म, तो करेगा, का का आ गया बराबर है, थीक है, थीक थीक थी। है, है, वो तो में में थ्रू आएगा, जी ठीक ठीक एक कि जो भी किया जा सकता है। क्वेरी नहीं नहीं, नहीं, नहीं में में लिखा और नीचे भी -भी में दिखाया बस जी फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट का का तो मैंने बताया आपको, या आपको? आ, आ, आ, आ फौर्मेंट, ना ना फौर्में। जैसे कि आपको अगर आपका जो डेटा है, है, है, है राइट तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ हमने एक डेट का कॉलम बनाया डेट और यहाँ पे सी डेट और कैलकुलेटेड में आके मैं कैलकुलेटेड uh, में आता हूं और यहां पे हम इक्वल डेट टाइम फंक्शन में एक हमारे पास इसमें डेट का कॉलम फिर एक को ठीक है हमारा 2000 बीस इक्कीस हो गया मंथ में मान लीजिए दस हो गया और ईयर में हमारा तेईस हो गया राइट ओके तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा डेट है आएगा तो डेट अलग फॉर्मेट तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला तो लगाया था इसको हम फॉर्मेट कर के अंदर आते इसको हम फॉर्मेट फॉर्मूला के अंदर में डाल देते इसमें हम डाल देते हैं फॉर्मेट डी डी वोट कीजिएगा y y y uh and then and y hmm. right right and equal for me comma uh slash and स्लैश बोल रहा है मुझे ये फॉर्मूला कैलकुलेशन यूज काम करता हूँ यहाँ पे देख? Format mm. important. Like mm. C date number mm. write भी assume कर दो ना एक बार. Format mm. square bracket मिल गया C date comma invalid month mm. DD slash MM slash YY ठीक है। हम्म। तो सर डिलीट करना पड़ेगा ये ये वाला डिलीट करना पड़े। से, आगे सर। हाँ। तो देखिए फंक्शन क्या है कुछ फंक्शन हमारा सब में यूज होता है कुछ फंक्शन टेबल में यूज होता है कुछ टेबल में टेबलो हमें रखना तभी आपको तो समझ में आएगा यही होगा अप्लाई करके रोके नहीं होगा दूसरा हम ठीक है हाँ ठीक है, ठीक है।, ठीक है नहीं आप, आप आप इसके यूज कीजिए फिर ओके